ये कहानी उस टाइम से स्टार्ट होती है जब मिस्र को एक नया गॉड दिया जा रहा था और इस गॉड का नाम होरिस था होरिस जो कि हवा का गॉड था अब क्योंकि होरिस को मिस्र का गॉड बनाया जा रहा था इसीलिए उसको ताज पहनाने की रस्म की जा रही थी सब लोग वहां पर आए हुए थे अभी ताज बस होरिस को पहनाया जाने ही वाला था की तभी वहाँ पर डेजर्ट का गौड़ आ जाता है और इस गौड़ का नाम सेट था और साथ साथ सेट हॉरिस का अंकल भी था यानी हॉरिस सेट का नेफ्यू था सेट अपनी नेफ्यू यानी हॉरिस को एक गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट एक हॉर्न था सेट हॉरिस को वो हॉर्न बजाने के लिए कहता है तब हॉरिस उस हॉर्न को बजाता है और यहाँ पर अभी तक सब कुछ ठीक ही लग रहा था लेकिन उस हॉर्न के बजते ही वहाँ पर सेट की पूरी आर्मी आ जाती है क्योंकि वहाँ पर सेट के आने का मकसद अच्छा नहीं था लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते सेट हॉरिस के फादर को चाकू मार कर जान ऐसी मार डालता है यानी सेट अपने भाई को ही मार डालता है इसके बाद सेट सब सामने ऐलान करता है की अगर मेरे सामने कोई ना झुका तो उसे मार दिया जाएगा ये बात सुनकर सब के सामने झुक जाते हैं इवन गॉड्स भी मगर ये सब कुछ देखकर कर हॉरिस को बहुत गुस्सा आता है इसीलिए वो अपने अंकल सेट से लड़ता है और लड़ाई के दौरान दोनों अपने असली रूप यानी गॉड के रूप में आ जाते हैं लेकिन यहाँ पर हॉरिस हारता हुआ नजर आ रहा था क्योंकि सेट हॉरिस को अपने कंट्रोल में ले चुका था और वो हॉरिस की दोनों आंखें निकाल लेता है लेकिन सेट हॉरिस को जान से नहीं मारता बल्कि उसे ऐसे ही छोड़ देता है ताकि वो हमेशा ब्लाइंड बनकर अंधेरे में जिंदगी गुजारे इसके बाद सेट पूरे मिसर पर कब्जा कर लेता है और अब की मिसर के हालात भी बदल चुके थे यानी सारे सरकम अब खराब हो चुके थे इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था क्योंकि सेटिक पत्थर दिल गौर था यानी उसके दिल में जरा भी रहम नहीं था इसीलिए उस सोसाइटी में इंसानों के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया था फिर मिसर की उस सिटी में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम बैक होता है वहाँ पर बैक की एक बचपन की दोस्त भी होती है वो दोनों ही एक दूसरे को काफी पसंद करते थे यहाँ पर हम ये जान पाते है की उस वक्त मिसर में गुलामी का दौर था और इवन गोड के साथियों के भी गुलाम हुआ करते थे इसीलिए जो बैग की फ्रेंड होती है वो सेट के एक डिजाइनर की गुलाम होती है इसीलिए बैग और उसकी दोस्त एक दूसरे से काफी मुश्किल से मिला करते थे बैग की दोस्त को लगता था कि गोड होरिस उनकी हेल्प कर सकता है और एक वो ही है जो इन लोगों को गुलामी से फ्री कर सकते है इसीलिए वो दोनों एक प्लान बनाते हैं क्यूँकी बैग की दोस्त उस जगह के बारे में जानती थी जहाँ पर सेट के सारे खजाने थे और सारा कीमती सामान वो रखता था और उन्ही खजानों के बीच ही सेट ने होरिस की आंखें भी रखी हुई है यहाँ पर बैग की दोस्त उसे सारी बात समझा देती है कि वहाँ पर सेट की आर्मी भी होगी इसीलिए तुम उनसे बचते हुए अंदर जाना और जाकर हॉरिस की आंख ले आना बाद में वो हॉरिस की आंखें उसे लौटा देंगे जिसके बदले में हॉरिस इनकी हेल्प करेगा बैक ऐसा ही करता है वो सबकी नजरों से बचते हुए उस खजाने वाली जगह पर पहुँच जाता है लेकिन उस जगह आरोप खतरा भी था क्यूँकी वहाँ आरोप जगह जगह आरोप ट्रैप लगे हुए थे ताकि कोई चोरी न कर सके लेकिन बैग जो की हर ट्रैप ऐसी इजिली निकल जाता है और वो हॉरिस की एक आँख लेने में भी कामयाब हो जाता है आंख में काफी तेज लाइट थी वो आंख लेकर बैक वापिस से अपने फ्रेंड के पास आ जाता है लेकिन सेट के सोल्जर्स उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं क्योंकि उस लड़की का मालिक यानी उस डिजाइनर को पता चल चुका था कि नक्शों के साथ जरूर कोई छेड़छाड़ की गई है यानी वहाँ पर खजाने वाली जगह के नक्शे गायब थे इसीलिए वो बैग ऐसी पूछते हैं कि तुमने की तुमने गोल्ड के खजाने ऐसी क्या चुराया है लेकिन यहाँ आरोप बैग ने एक समझदारी की होती है क्यूँकी उसने होरिस की आँख के साथ साथ वहाँ ऐसी गोल्ड की एक चीज भी चुरा ली थी और बैक उस डिजाइनर को बताता है की मैंने बस सोने ये छोटी सी चीज चुराई है लेकिन आंख के बारे में वो कुछ भी नहीं बताता फिर उन दोनों को मारने का हुक्म दे दिया जाता है लेकिन जब सोल्जर्स उन लोगों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तब बैग होरिस की वो आंख निकालता है जिसकी लाइट काफी तेज थी उस आंख की लाइट इतनी तेज होती है कि थोड़ी देर के लिए उन सोल्जर्स की आँखें काम करना बंद कर देती है और इसी बात का फायदा उठाते हुए बैग अपने दोस्त को लेकर वहाँ ऐसी बाहर निकल आता है और फिर वो दोनों वहाँ ऐसी भाग जाते हैं वो सोच रहे थे की वो बच निकल गए है लेकिन जो डिजाइनर था वो बैग की दोस्त को एक कैरो मार देता है जिससे वो इंजर्ड हो जाती है फिर बैग जल्दी से उस मंदिर में जाता है जहाँ पर गॉड होरिस रहता था अंदर जाते ही बैक होरिस को बुलाता है ये कहते हुए कि मेरे पास तुम्हारी आँख है ये सुनकर होरिस उससे अपनी आँख मांगता है लेकिन आँख देने के बदले बैक उसके सामने एक शर्त रख देता है की बदले तुम्हें एक मदद करनी पड़ेगी ये बात सुनकर हॉरिस को गुस्सा आ जाता है की वो एक मामूली सा इंसान होकर मेरे सामने शर्तें रख रहा है इस बात की वजह ऐसी हॉरिस बैक आरोप अटैक भी करता है मगर हर बार बैक बच जाता और वो हॉरिस को उसकी आँख भी नहीं देता अब हॉरिस ने अपनी आँख तो वापिस लेने ही थे ना इसीलिए वो उसकी बात मान लेता है वो बैग को कहता है कि चलो बताओ क्या है तुम्हारी शर्त जिस पर बैग कहता है कि तुम्हें किसी की जान बचानी है इसकी बात बैग अपनी दोस्त को हॉरिस के सामने लाता है यहाँ पर होरिस उस लड़की को बचाने की काफी कोशिश तो करता है लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता क्यूँकी उस वक्त हॉरिस के पास गोड वाली पावर्स नहीं थी हॉरिस कहता है की ये लड़की नहीं बच सकती क्यूँकी मौत इसकी बिल्कुल करीब आ चुकी है इतनी ही देर में वहाँ पर मौत का गोड भी आ जाता है और वो उस लड़की की सोल को उसकी बॉडी ऐसी अलग कर देता है फिर गॉर्ड ऑफ डेथ उस लड़की पूछता है कि बताओ तुम तो मुझे क्या दोगी जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं तो कुछ भी नहीं दे सकती क्योंकि मैं तो गुलाम हूँ यानी यहाँ पर हमें ये दिखाया गया है कि मरने के बाद इंसान मौत के गोड़ से डील कर सकता है यानी जो कोई भी सोना चांदी कीमती चीजें मौत के गोड को देगा तो मौत का गोड उसे दोबारा जिंदगी देकर दुनिया में वापिस भेज देगा लेकिन अगर कोई पर्सन मौत के गोड को कुछ भी नहीं देगा तो गोड ऑफ डेथ उसकी सोल को हमेशा के लिए ले जाएगा लेकिन अब क्यूँकी उस लड़की के पास कुछ भी नहीं था तो उसकी सोल का भी यही होना था और का गोड उस लड़की की सॉल को अपने साथ ले जाता है इस बात को लेकर बैग बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अब वो होरिस को उसकी भी देने वाला नहीं था क्यूँकी जान नहीं बचाई लेकिन इसीलिए बैग अपनी जान बचाने के लिए होरिस को उसकी आँख दे देता है और यहाँ पर उसकी एक आँख मिल जाती है और अब वो बैग से उसकी दूसरी आँख डिमांड करता है जिस पर बैग कहता है की मेरे पास तो आपकी सिर्फ एक ही आंख थी वो बताता है की की दूसरी आंख सेट के पेरामिड में है और मैं तो वहाँ पर पहले भी अंदर जा चुका हूँ और मैं वहाँ का सारा रास्ता जानता हूँ ये सुनकर होरिस भी बैग को एक बात बताता है कि तुम्हारी दोस्त की सोल हमेशा के लिए नहीं गई बल्कि उसकी सोल ने अलग अलग रास्तों से गुजरना है और उसकी सोल ने फाइनल रास्ते ऐसी भी गुजरना है जिसमे अभी कुछ दिन तो लग ही जाएंगे और अगर मुझे मेरी दूसरी आंख में मिल गयी तो मेरी पॉवर वापिस आ जाएंगे मैं फिर से गॉड बन जाऊंगा जिससे मैं तुम्हारी दोस्त की जान बचा कर ले आऊंगा फिर यहाँ पर ये लोग अपने डील को डन कर लेते यानी बैक होरिस को उसकी आंख ला कर देगा जिसके बदले में होरिस बैग को उसकी दोस्त लौटा देगा फिर वो लोग उस लड़की की डेड बॉडी को एक सेफ जगह पर रख देते हैं क्योंकि होरिस ने कहा होता है कि वो इस बॉडी में वापस सोल को ले आएगा यहाँ पर होरिस ये भी डिसाइड करता है कि वो सेट से उसके की का बदला जरूर लेगा और वो सेट यानी अपने अंकल को जान ऐसी मार डालेगा फिर वो लोग अपने मिशन के लिए वहाँ ऐसी निकल जाते हैं सेट को ये बात पता चल चुकी थी की हॉरिस की आँख किसी ने खजाने ऐसी निकाल ली है और वो आँख हॉरिस तक भी पहुँच गयी है सुन सेट फोरन ऑर्डर देता है कि उन दोनों को जान से मार दिया जाए जबकि होरिस बैग को लेकर एक उंजी पहाड़ की तरफ जा रहा होता है बैग होरिस से पूछता है कि आप कहां पर जा रहे हैं जिस पर होरिस जवाब देता है कि मैं अपने ग्रैंडफादर से मिलने जा रहा हूं, उनसे मदद मांगने जा रहा हूं। ये कहते ही होरिस वहाँ पर बैठ जाता है और वो अपने ग्रैंड के बारे में सोचने लगता है लेकिन तभी अचानक ऐसी होरिस का रूप बदल जाता है वो अपने गॉड वाले रूप में आ जाता है और अब वो उड़ भी सकता था और उड़ता हुआ वो आसमानों में चला जाता है जहाँ पर हम होरिस के ग्रैंडफादर को देखते हैं और इसके ग्रैंडफादर असल में सूरज के गॉड थे और ये वो जगह थी जहाँ से हर चीज पैदा होती है दुनिया की तब सूरज के गॉड अपने असली रूप में आते हैं, अपना हथियार लेकर क्योंकि वहाँ पर एक अंधेरे का शैतान था जो बहुत खतरनाक था तबाही मचाना चाहता था वो दुनिया में और सन के गोड उसका मुकाबला करते आ रहे थे और उसे अपनी पॉवर का इस्तेमाल करके वापिस भेज देते है क्यूँकी सूरज के गौड दुनिया के लिए लड़ रहे है यानी इस तरह ऐसी वो पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहे थे हर एक मुसीबत ऐसी और इस अंधेरे के शैतान लेकिन सूरज के गौड़ का ये एक मेन काम है कि वो हर बार उस अंधेरे के शैतान को वापस भेज देते हैं यहाँ आकर होरिस सूरज के गॉड यानी अपने ग्रैंडफादर को सारी बात बता देता है कि मैं यहाँ पर किस मकसद के लिए आया हूँ और यहाँ पर वो सेट की सारी रियलिटी भी बता देता है कि उसी ने मेरे फादर को मारा था और मेरी दोनों आँखें भी निकाल ली थी और अब उसने मिस्र पर कब्जा कर लिया है गुलामी का दौर बना दिया है ये सुनकर सूरज के गौड कहते हैं की अगर मैं अपने बेटों के झगड़ों और डिफ्रेंसेस को खत्म करने लग गया तो मेरा ध्यान दुनिया ऐसी हट जाएगा मैं दुनिया को नहीं बचा पाऊंगा और अपने ग्रैंड फादर सूरज के गौड ऐसी हेल्प मांगता है जिस वो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो सकता जो कुछ डिसाइडेड है वही हो कर रहेगा और फिर होरिस उस जगह के पानी की डिमांड करता है और वो कोई आम पानी नहीं था बल्कि उसमें मैजिकल पॉवर थी और यही वो पानी था जिससे दुनिया की हर चीज क्रिएट होती है उसमें इंसान जानवर सब कुछ शामिल थे सूरज के गौड़ होरिस को वो पानी दे देते हैं इसके बाद होरिस बैग को लेकर वापिस दुनिया में आ जाता है लेकिन जैसे ही वो जमीन आरोप आता है उसका गोड वाला रूप खत्म हो जाता है क्यूँकी होरिस्ता भी अपने गोड वाले रूप में आ सकता है जब उसकी दोनों आँखें हों की आंखों की वजह से ही वो पावरफुल है वरना तो वो कमजोर ही है अभी वो लोग जंगल में ही होते हैं कि तभी उन पर वो लोग अटैक करते हैं जिन्हें सेट ने भेजा था होरिस उन लोगों से काफी लड़ता है लेकिन लास्ट में एक सोल्जर होरिस को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है ये देखकर कर बैक भी उसके साथ कूद जाता है लेकिन गहराई में जाने ऐसी पहले ही होरिस अपना वो हथियार खोल देता है जो उसके पास था और उस हथियार की मदद ऐसी वो दोनों बच जाते हैं और यहाँ पर हम ये जान पाते है की हॉरिस वो पानी यानी वो हॉली वाटर अपने साथ क्यूँ लाया था क्यूँकी इस दुनिया में एक पेरामिड है जिसकी अंदर आग है और होरिस का मानना था कि उस आग की मदद से ही सेट को पावर मिलती है और अगर होरिस इस होली वॉटर को उस आग में फेंकेगा तो सेट की पावर्स कमजोर हो जाएंगी जिससे हॉरिस इजीली सेट से अपना बदला ले लेगा होरिस कहता है कि अब सेट हमें मारने के लिए अपने सबसे ज्यादा खतरनाक यानी खून के प्यासी लोगों को भेजेगा फिर हमें दो औरतें दिखाई जाते हैं जिन्हें सेट ने भेजा था जो बहुत खतरनाक थी क्यूँकी वो बहुत बड़े बड़े सांप जैसे दिखने वाली मॉस्टर्स की सवारी करती थी और सेट खुद एक गॉर्डेस के पास है और ये गॉडेज गॉडेज ऑफ लव होती हैं। यहाँ पर सेट गॉडेज ऑफ लव से कुछ मांगने आया था असल में अब से पहले गॉडेज ऑफ लव मरे हुए लोगों की दुनिया में थी और वो वहाँ पर मरे हुए लोगों की सीनियर थी लेकिन इसके बाद हॉरिस ने गॉडेज ऑफ लव को उस दुनिया से बचाया और उन्हें वहाँ से बचाकर कर वो इस दुनिया में लाया असल में गॉडेज ऑफ लव और हॉरिस एक दूसरे को काफी पसंद करते थे और हॉरिस के साथ साथ गॉडेज ऑफ लव भी बहुत सारी पॉवर्स की मालिक थी सैड गॉडेज ऑफ लव को कहता है की तुम मुझे मरे हुए लोगों की दुनिया में लेकर जाओगी क्यूँ कि मैं उस दुनिया पर भी राज करना चाहता हूं, लेकिन इस बात के लिए गॉडेज ऑफ लव साफ इनकार कर देती हैं। गॉडेज ऑफ लव को भी ये बात पता चल जाती है कि और इसको उसकी आंख मिल गई है सेट ऑफ लव को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उससे पहले ही गॉडेज ऑफ लव अपने हाथ ऐसी जादुई कंगन निकाल देती है और जब वो ऐसा करती है तो वो थोड़ी देर के लिए मरे हुए लोगो की दुनिया में चले जाती है लेकिन बहुत जल्द वो वापिस ऐसी उस कंगन को पहन लेती है जिससे वो मरे हुए लोगों की दुनिया ऐसी वापिस इस दुनिया में आ जाती है असल में ये एक ऐसा दो ही कंगन था कि जब तक ये गॉडीज ऑफ लव के हाथ में रहेगा तब तक मरे हुए लोग उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे लेकिन कंगन उनके हाथ से निकलते ही मरे हुए लोगों ने अपनी दुनिया में ले जाएंगे हॉरिस और बैग के काफी पुराने मंदिर में चले जाते हैं लेकिन तभी वहां पर सेट की भेजी गई दोनों खतरनाक औरतें सांप जैसे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स की सवारी करके वहाँ पर आती है और वो स्नेक जैसे मॉन्स्टर्स मुँह ऐसी आग भी निकाल रहे होते हैं वो दोनों स्नेक मॉन्स्टर इन लोगों पर अटैक कर देते हैं लेकिन ये दोनों उनसे बचते हुए छुप रहे थे और तभी वहाँ गॉडीज ऑफ लव आ जाती हैं, जो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन सांपों जैसी को खत्म कर देती हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर होलिस की दूसरी आंख भी थी और वो जगह एक पेरामिड थी बैग कहता है कि मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ मैं अंदर जा भी सकता हूँ जिस पर गॉडीज ऑफ लव कहती है की अंदर जाना इतना आसान नहीं है क्यूँकी जब तुम अंदर जाओगे तो वहाँ पर तुम्हारे सामने एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाएगा जो तुम एक पहेली पूछेगा और अगर तुमने उस पहेली का सही जवाब न दिया तो वो मॉन्स्टर तुम्हे मार डालेगा ये बात सुनकर हॉरिस डिसाइड करता है कि वो गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के पास जाएंगे क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा अकल है वो सबसे ज्यादा समझदार हैं इसके बाद ये लोग गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के पास चले जाते हैं और वो गॉड ऑफ़ इंटेलिजेंस को सारी बात बता देते हैं लेकिन गॉड ऑफ इंटेलिजेंस उनके साथ जाने को तैयार नहीं था लेकिन यहाँ आरोप बैक एक समझदारी का, का काम करता है वो कहता है की मैं उस मॉन्स्टर की पहली का जवाब दे सकता हूँ जिस पर गॉड ऑफ इंटेलिजेंस कहता है की नहीं तुम उसका जवाब नहीं दे सकते क्यूँकी वो काफी मुश्किल सवाल पूछता है और देखना तुम जवाब नहीं दोगे और वो तुम्हें मार देगा जिस पर बैग कहता है कि ठीक है वो मुझे मार दे लेकिन मैं उन्हें एक बात जरूर बताऊंगा कि मैं गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के पास गया था लेकिन गॉड ऑफ इंटेलिजेंस डर रहे थे जवाब देने ऐसी अभी किसी भी गॉड के लिए एक इंसल्ट वाली बात थी इसीलिए गॉड ऑफ इंटेलिजेंस उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में ही गॉडेज ऑफ लव को हॉरिस और बैग की डील के बारे में पता चल जाता है कि हॉरिस ने बैग को ये कहा है कि वो उसकी दोस्त की सोल वापस ले आएगा यानी वो किसी मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा करेगा जो की इम्पॉसिबल है लेकिन ये बात गॉडेज ऑफ लव को काफी बुरी लगती है क्यूँकी अपनी आँख लेने के लिए हॉरिस सिर्फ बैग को इस्तेमाल कर रहा था लेकिन गॉडेज ऑफ लव ऐसा नहीं चाहती थी की ऐसा कुछ करे हॉरिस क्यूँकी हॉरिस बैग के साथ धोखा कर रहा था लेकिन कोई भी गोड ऐसी हरकत करता हुआ अच्छा नहीं लगता लेकिन गॉडेज ऑफ लव बैग से पूछती है कि क्या तुम अपने दोस्त से बात करना चाहते हो क्योंकि गॉडेज ऑफ लव का कंगन मरे हुए लोगों की दुनिया से कांटेक्ट करवा सकता था और इसी वजह से बैग अपने दोस्त से बात करता है बैग अपने दोस्त को कहता है की तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हें बहुत जल्द वहाँ ऐसी निकाल लूंगा क्यूँकी हॉरिस गोड हमारी हेल्प जो कर रहे हैं फिर ये लोग उस पेरामिड के पास पहुँच जाते हैं लेकिन उसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था जिस पर बैग कहता है की मैं जानता हूँ की अंदर जाने का रास्ता दरवाजा कहाँ पर है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अंदर एक व्हील है अगर वो उसे घुमा देगा तो दरवाजा खुल जाएगा इसीलिए वो दो पत्थरों के बीच से अंदर जाता है फिर बैक बड़ी मुश्किल से किसी तरह उस व्हील तक पहुंच जाता है लेकिन जैसे ही वो उस व्हील को घुमाता है वहां की सारी मूवमेंट्स रुक जाती है और तब एक दरवाजा भी खुल जाता है जहाँ आरोप बाकी लोग भी अंदर आ जाते हैं अभी ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं की तभी इनके सामने वो ही बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो इतना पहली पूछेगा और फिर वो मॉन्स्टर इन लोगों ऐसी पहली पूछने लगता है पहेली ये थी की ना तो मैं था और मैं मैं रहूंगा ना तो मुझे कभी किसी ने देखा है और ना ही कोई कभी देख पाएगा लेकिन फिर भी हर जिंदा चीज मुझ पर बिलीव करती है तो जल्दी से बताओ क्या हूँ मैं क्या नाम है मेरा तभी अचानक से गॉड ऑफ इंटेलिजेंस एक जवाब देता है जो कि गलत होता है गलत जवाब सुनकर मोस्टर उन पर अटैक कर देता है तब गॉड ऑफ इंटेलिजेंस काफी सोचने के बाद एक जवाब फिर से देता है और इस बार भी जवाब गलत होता है तो बारह गलत जवाब सुनकर वह मोस्टर अब उन्हें मारने वाला था लेकिन तभी गॉड ऑफ इंटेलिजेंस जवाब देते हैं आने वाला कल और ये उनका आंसर ठीक होता है इसीलिए वो मॉन्स्टर उन्हें आगे जाने देता है आगे जाने पर वो होरिस की आंख देख लेते हैं फिर होरिस उस पानी को निकाल कर बस गिराने ही वाला होता है लेकिन तभी वो लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं और तब वहाँ पर खुद सेट आता है और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ये सब कुछ सेट का ही प्लान था और सेट ने उन लोगों के साथ ट्रेक की थी आते ही सेट गॉड ऑफ इंटेलिजेंस का दिमाग निकाल लेता है और कहता है की मुझे इसकी बहुत जरूरत थी फिर यहाँ पर मौका देखते ही जल्दी ऐसी बैक उस हॉली वॉटर को ले लेता है और वो सेट को धमकी देता है की मैं पानी को आग में फेंक दूंगा लेकिन यहाँ पर सेट बैग को एक नेकलेस दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारी दोस्त का है और वो बैग को भड़काने की कोशिश करता है कि होरिस ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है क्योंकि मरे हुए लोगों को कोई भी जिंदा नहीं कर सकता और अगर ये पानी तुमने आग में फेंका तो मैं तुम्हारी दोस्त की बॉडी को खत्म कर दूंगा अब अपनी फ्रेंड की खातिर बैग रुक जाता है और वो उस होली वॉटर को सेट को दे देता है सेट पानी को लेते ही फेंक देता है इसके बाद सेट तो उस निकल जाता है लेकिन वो बाकी लोग वहाँ पर फंस जाते हैं और पेरामिड भी बस गिरने ही वाला था लेकिन होरिस किसी तरह खुद को और उन सब को बचाने में कामयाब हो जाता है जबकि सेट गॉड ऑफ इंटेलिजेंस का दिमाग अपने दिमाग में फिट करवा लेता है और अब वो और ज्यादा पावरफुल बन जाता है इसके बाद सेट अपने फादर यानी सूरज के गॉड के पास जाता है सेट वहाँ पर भी किसी गलत इरादे ऐसी आया था क्यूँकी वो अपने फादर का हथियार लेना चाहता था यहाँ पर सेट अपने फादर आरोप अटैक कर देता है और उनसे उनका वो हथियार भी ले, ले लेता है जिससे होगा ये कि अंधेरे का शैतान अब हमेशा के लिए कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और दुनिया में आकर तबाही मचा देगा फिर हम देखते हैं कि हॉरिस बैग और गॉडीज ऑफ लव मंदिर से बाहर आ गए हैं। बैग को यहाँ पर काफी बुरा फील होता है कि उसे सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था लेकिन यहाँ आरोप गॉडिज ऑफ लव बैग की हेल्प करती है क्यूँकी वो चाहती थी की बैग को उसकी दोस्त मिल जाए इसीलिए वो मौत के गोट को वहाँ आरोप बुलवाती है और वो मौत के गोट ऐसी पूछती है की मुर्दों की दुनिया में जाने की कीमत क्या लोगे जिस पर मौत का गोड कहता है की वहाँ आरोप जाने की कीमत काफी महंगी है ये सुनकर गॉडिस ऑफ लव मौत के गुड़ को अपना वो कंगन दिखाती हैं और पूछती हैं कि क्या इससे भी बड़ी कोई कीमत होगी लेकिन अब क्योंकि वो कंगन निकालने से ही गॉडिज ऑफ लव मुर्दों की दुनिया में चली जाएंगी इसीलिए लिए हो ऐसा करने से मना करता है और वो अपना कंगन निकाल कर बैग को दे देती है और खुद वो मुर्दों की दुनिया में चली जाती है और इसके साथ साथ बैग भी अपनी दोस्त ऐसी मिलने चला जाता है जहाँ पर बैग की दोस्त की सोल आखिरी गेट तक पहुँच गयी थी और यहाँ पर उसके लिए एक काफी बड़ा इम्तिहान था की अगर वो सोना देगी तभी वो वापिस जा पाएगी दुनिया में अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो वो हमेशा के लिए यही पर ही रह जाएगी बैग की फ्रेंड कहती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है लेकिन इतनी ही देर में बैग वहाँ पर वो जादुई कंगन लेकर आ जाता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि अंधेरे का शैतान दुनिया पर हमला करने के लिए वहाँ पर आ गया है क्यूँकी उसे रोकने वाले सूरज के गोड़ नहीं रहे थे तब मौत का गोड़ बैग को कहता है की जल्दी जाओ वापिस और इसके पास जाओ क्यूँकी वो ही है जो इस अंधेरे के शैतान को रोक सकता है मैं इसे कब तक रोकूंगा तभी बैग इस दुनिया में वापिस आ जाता है और वो और इसको सारी बात बता देता है लेकिन सेट के पास तो उसके फादर का एक पावरफुल हथियार था लेकिन इसके बावजूद भी वो अंधेरे के शैतान को इस दुनिया में आने देता है और वो अंधेरे के शैतान को उसी जगह पर ले जाने वाला था जहां पर होली वाटर है अब क्योंकि ये ऐसा पानी था कि जिससे सारी दुनिया क्रिएट होती थी तो अंधेरे का वो शैतान उस सारे पानी को पी लेगा और सारी दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन इससे पहले की अंधेरे का शैतान उस होली वाटर तक पहुँच जाता वहाँ आरोप होरिस आकर सेट को रोकने की कोशिश करता है और उन दोनों के बीच एक काफी बड़ी फाइट होती है लेकिन यहाँ एक बार फिर सेट होरिस आरोप भारी पड़ता है सेट बस होरिस को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर बैक आ जाता है जो होरिस की हेल्प करता है और वो सेट की बॉडी से होरिस की दूसरी आंख भी निकाल लेता है और उस आंख को वो होरिस की तरफ फेंकता है इस बात की वजह से सेट को काफी गुस्सा आता है और वो होरिस को नीचे फेंक देता है जबकि हॉरिस भी अपनी आँख नहीं ले पाता वो गिर चुकी थी अब यहाँ पर होरिस फंस चुका था उसके पास दो ऑप्शन थे या तो वो बैग की जान बचा ले या फिर वो अपनी आँख ले ले क्यूँकी आँख लेने ऐसी उसके सारी पॉवर वापिस आ जाएंगे लेकिन यहाँ पर होरिस डिसाइड है कि वो बैग को ही बचाएगा लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ता है यहाँ पर होरिस का रूप बदल जाता है यानी वो अपने गॉड वाले रूप में आ जाता है जबकि उसके पास तो उसकी आंख भी नहीं थी यहाँ पर हमें ये पता चलता है की सारी पॉवर वापिस आ गई है क्यूँकी उसकी पॉवर किसी आँख में नहीं थी बल्कि इस बात में थी की वो खुद गर्जी एक अच्छा गॉड बने और किसी की हेल्प करे अब क्यूँकी हॉरिस ने ऐसा ही किया था इसीलिए उसे उसकी दूसरी आँख भी मिल जाती है हॉरिस और सेट की फिर से लड़ाई हो जाती है और इस बार सेट हार जाता है फिर होरिस जब सेट को मारने वाला होता है तब सेट उसे काफी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे मत मारो मुझे छोड़ दो मैंने भी तो तुम्हें छोड़ दिया था मुझे प्लीज एक मौका दे दो जिस पर होरिस कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो गलती तुमने की है मैं तो वो कभी नहीं करूँगा ये कहते ही होरिस सेट को जान ऐसी मार डालता है अंधेरे का वो शैतान उस पानी की तरफ बढ़ रहा था फिर होरिस अपने ग्रैंड यानी सूरज के गौड़ के पास जाते हैं और उन्हें उनका हथियार वापिस लुटाते है जिसका इस्तेमाल करके सूरज के गौड अंधेरे के शैतान को वापिस उसकी दुनिया में भेज देते हैं इसी बीच बैग की भी डेथ हो गयी थी लेकिन होरिस अब क्यूँकी गॉड बन गया था उसके पास पावर्स थी इसीलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके बैक और उसकी दोस्त को दोबारा जिंदा कर देता है इसके बाद होरिस मिस्र का गॉड बन जाता है और यहाँ पर वो एक कानून बनाता है कि मरने के बाद सिर्फ वही इंसान दोबारा पैदा किया जाएगा जिसने दुनिया में अच्छे काम किए होंगे न के सोने चांदी के बदले में और अब होरिस मरे हुए लोगों की दुनिया में जाता है जहाँ ऐसी वो गॉडेज ऑफ लव को वापिस लाएगा सब हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी की यही आरोप हैप्पी एंडिंग हो जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग